नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बी की इंटर्नशिप फाइल के बारे में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के बारे में इस फाइल का हम जो संग्रहण दिए जाते हैं हमें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी जो पी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको वीडियो में भी सेंड कर रहा हूँ तो धन्यवाद दोस्तों चलो वीडियो को बिना टाइप गंवे शुरू करते हैं